नमस्कार साथियों आर टेक्निकल गुरु के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है कि मैट्रिक और इंटर पास जो स्टूडेंट हैं और फर्स्ट डिवीज़न और सेकेंड डिवीजन जो स्टूडेंट हैं उनके खाते में ऑटोमेटिकली जो अमाउंट आ रही है और उसका पेमेंट लिस्ट भी बिहार बी एस सी बी पोर्टल के जरिए जो है कि अपडेट कर दी गई है तो जिस भी छात्र को डाउट है कि हमारा सेलेक्शन नहीं हुआ है या फिर उसका अकाउंट डिटेल्स अपडेट नहीं है तो आप खुद से भी आप मेगा सॉफ्ट के पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं कि आपका डाटा अपलोड हुआ है या फिर नहीं हुआ है अगर नहीं हुआ है तो आप अपने जो कॉलेज है आप कॉलेज जाकर आप अपना प्रिंसिपल से जाकर आप अपना संपर्क करेंगे तो वहाँ से आपका डेटा अपलोड कर दी जाएगी तो चलिए दोस्तों आज इन सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में तो चलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें चलिए ले चलता हूँ अपने टेक्निकल के जो ऑफिशियल वेबसाइट है गुरु सोल्यूशन कॉम इस वेबसाइट पे आने के बाद यहां पे देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2022 अंडर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना मैट्रिक पास इन विद्यार्थियों को दस रुपए ऐसे मिलेंगे ऐसे करना होगा आवेदन तो यहाँ पे देखेंगे थमलिल लगा हुआ है कल्याण मैट्रिक इंटर प्रोत्साहन योजना पेमेंट लिस्ट रिलीज कर दिया गया है जारी कर दिया गया 2022 ऐसे चेक करें ठीक है इसे सारा आर्टिकल लिख दिया गया है एक शॉर्ट आर्टिकल है तो आप लोग आ करके इस आर्टिकल आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं इसका सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है और आवेदन कैसे किया जाएगा और आवेदन करने के पश्चात इसका पेमेंट कैसे मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है आप आवेदन करने की प्रक्रिया नोट वन एंड नोट टू पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा इसमें क्या है कि दो हजार मतलब अगर आपको साइकिल की रुपए और वस्त्र की मतलब जो भी कपड़ा की राशि होती है अगर आपको नाइन्थ या टेंथ में अगर मिली होगी या फिर साइकिल की राशि आपको मिली होगी या फिर छात्रवृत्ति मिली होगी तो जिस अकाउंट में आपको छात्रवृत्ति मिला होगा जो अकाउंट डिटेल्स आप अपने कॉलेज में दिए होंगे एडमिशन के टाइम में या फिर फॉर्म भरने के टाइम में या फिर साइकिल की राशि लेने के समय में आपको उसी अकाउंट में मेघा सॉफ्ट के माध्यम से आपके अकाउंट में पेमेंट भेज दी जाएगी ठीक है इस बार ऑनलाइन आवेदन नहीं होना है इस बार जो आप डॉक्यूमेंट दिए होंगे जो आप अकाउंट डिटेल्स कॉलेज को दिए होंगे उसी अकाउंट में आपका पैसा सीधे क्रेडिट कर दी जाएगी चलिए ठीक है यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे नोट में दिया हुआ जैसे कि हम सभी मानते हैं जानते हैं कि नाइन्थ और टेंथ में एडमिशन के समय छात्र छात्राओं से अकाउंट नंबर जमा करवाया जाता है और उसे मेगासॉफ्ट बिहार के ऑफिशियल पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाता है ठीक है जिसके माध्यम से कभी भी किसी भी प्रकार की स्कीम का लाभ देना होता है तो उसी अकाउंट नंबर को वेरीफाई करके पैसा सेंड कर दिया जाता है ठीक है फिर उसके बाद मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना के तहत बिहार बोर्ड मैट्रिक प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उत्ती श्रेणी से उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि की योजना के तहत योजना के तहत दस हज़ार रुपये की राशि छात्र छात्राओं के खाते में मेघा सॉफ्ट पोर्टल के माध्यम से अपडेट अकाउंट नंबर पर ही सेंड किए जाएंगे ठीक है जिसका वेरिफिकेशन आप मेघा सॉफ्ट पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं जिसकी जानकारी हमने नीचे दिए हुए आर्टिकल में दे दिया है और स्टूडेंट का अकाउंट नंबर गलत है या नाम गलत है मेगासॉफ्ट बिहार के ऑफिशियल पोर्टल पर अकाउंट अपडेट हो गया है तो वो स्कूल कॉलेज जाकर खुद से सुधार करवा सकते हैं ठीक है वेरीफाई करने का भी मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दे दिया हूँ यहाँ पे आएंगे तो स्टूडेंट का मेगा सॉफ्ट पर मेगा सॉफ्ट अपडेट अकाउंट नंबर की स्थिति चेक करने के लिए जो है मेगासॉफ्ट यहाँ पर भी लिंक तय किया हुआ है मेगा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जाने के बाद पेमेंट स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करने करने अपना ब्लॉक जिला ब्लॉक क्लास और अकाउंट नंबर डालने के बाद जो है उसके बाद शो पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा डिटेल्स शो हो जाएगा यहां पे देखेंगे डिस्ट्रिक्ट जो भी है यहां पे एग्जांपल भी करके दिखाया गया है और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे स्कॉलरशिप लिस्ट पेमेंट स्टेटस ऑफिशियल वेबसाइट हाउ टू चेक पेमेंट एंड नोटिफिकेशन ये लिंक दे दिया गया है तो आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं ये स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट का लिस्ट जो भी अकाउंट डिटेल्स आप कॉलेज को दिए थे वो अकाउंट डिटेल्स मेगासॉफ्ट के द्वारा जो है रिलीज कर दी गई है तो आप भी कैसे जानें कि आपका अकाउंट नंबर सही है या फिर रिजेक्ट हुआ या फिर आपका अकाउंट मेघासॉफ्ट में अपडेट है या नहीं आप वो कैसे चेक करेंगे तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कैसे चेक करेंगे तो यहाँ पर आएंगे इस आर्टिकल पे आएंगे तो आने के बाद स्कॉलरशिप लिस्ट पे जाएंगे स्कॉलरशिप लिस्ट पे जाने के बाद क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये मेगा सॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा ठीक है जैसे ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा तो यहाँ डायरेक्ट देखेंगे आपका सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट स्कूल ब्लॉक स्कूल और डैस् बोर्ड ये रिक्वायर्ड नहीं अगर आपको पता नहीं है तो इसको डालने की कोई आवश्यकता नहीं है तो चलिए यहाँ पर हम जो जिला सेलेक्ट कर लेते हैं जिला सेलेक्ट करने के बाद ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद जो स्कूल है आप स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है जैसे स्कूल सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके नीचे ये डिटेल्स दिख जाएगा कि इस कॉलेज में कितना स्टूडेंट है कितना का डेटा नेम मिसमैच मैच ऑफ बैंक अकाउंट है ठीक है और कितना का जो हैथ मतलब बैंक अकाउंट उसका रिजेक्ट लिस्ट भी दिख जाएगा बैंक अकाउंट जो रिजेक्ट किया गया वो भी दिख जाएगा न्यू एंट्री कितना है और ऑल रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा और जिस भी स्टूडेंट का न्यू अगर आप इसमें एंट्री किया गया होगा तो क्लिक तो करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने वो सारा डिटेल्स जितना स्कूल का क्लास है जैसे नाइन्थ जैसे कि ये स्कूल नाइन्थ क्लास से चल रही है लेकर के टेंथ ट्वेल्थ तक का इसमें डिटेल्स दिया हुआ था हमारे पास एक स्टूडेंट का डिटेल्स है हम उसको वेरीफाई करके हम चेक करेंगे कि उसका नाम है कि नहीं अगर आप सिस्टम से चेक कर रहे हैं तो कंट्रोल एफ क्लिक करेंगे ठीक है अगर सिस्टम से आप चेक कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस एल क्लिक करेंगे सॉरी कंट्रोल प्लस एफ क्लिक करेंगे तो यहां पे फाइंड का ऑप्शन खुल जाएगा ठीक है यहाँ पर आप नाम अपना नाम डाल सकते हैं तो हमारे पास जो स्टूडेंट है उसका नाम हम डालते हैं डालने के बाद हम चेक करते हैं कि उसका डिटेल्स इसमें है या नहीं ठीक है तो यहाँ पे आप आएंगे यहाँ पे जैसे यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 21 टोटल इस नाम के 21 स्टूडेंट है तो हम यहाँ पे अब नीचे करते जाएंगे और देखते हैं इस अगर स्टूडेंट का नाम होगा तो दिख जाएगा ठीक है इसका देखिए हमारे पास इस स्टूडेंट का डिटेल्स था इस स्टूडेंट का यहाँ पे एंट्री किया हुआ है इसका मतलब जो कि मेगा सॉफ्ट के पोर्टल पर इसका डेटा अपडेट कर दिया गया है तो इसे पेमेंट 100% परसेंट मिलनाता है अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है तो आप कैसे चेक करें यहाँ से आकर भी चेक कर सकते हैं अगर नाम नहीं है तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करें या फिर आपका नाम है या फिर रिजेक्ट है किसी कारणवश तो आप अपने कॉलेज से जाकर दोबारा से चेक कर सकते हैं ठीक है आ, जाकर संपर्क कीजिए तो वहाँ से आपका अपडेट कर दिया जाएगा अगर किसी स्टूडेंट का पेमेंट आ गया है और उसका स्टेटस चेक करना है तो आप यहाँ पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए जो है ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा यहाँ से यहाँ से खुलने के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और स्कूल नेम करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे जो क्लास रहेगा ये सेक्शन को छोड़ देंगे और यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर टाइप करेंगे और शो करेंगे तो आपका सारा डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगा ठीक है आप कैसे चेक करेंगे वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दे दिया हूं तो जो भी दोस्त इस वीडियो को देखे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा ज्यादा स्टूडेंट अपना अकाउंट डिटेल्स चेक कर पाए मेगासॉफ्ट के पोर्टल पर और जो स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया कि जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें साथ ही आइकन का बटन भी दबा दें और ज़्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ का इफॉर्मेशन मिल पाए चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा तब तक के लिए धन्यवाद